रुमान अकैडमी डॉट कॉम की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ इन शाला इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह कॉपी पेस्ट करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं जी हाँ बिल्कुल क्योंकि मैं अक्सर छोटी चोड़ छोटी स्किलें आप लोगों को सिखाता रहता हूँ अगर आप अभी तक अर्निंग स्टार्ट नहीं कर सके तो जो आज ये कापी पेस्ट का, का काम बताने जा रहा हूँ इससे आप बहुत अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं जी हाँ बिल्कुल आज मैं मुकम्मल तरीका बताऊंगा इसके बारे में जिसकी वजह से आप लोग अपनी अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं सबसे पहले हम गूगल पर सर्च करते हैं शॉट शौर्ट, छोटी डॉट एस सबसे पहले इस पे ज्वाइन करते हैं यहाँ आप अपनी मुकम्मल तफस लिखने के बाद रजिस्ट्रेशन मकमल तफसील लिखने के बाद आपने रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है और रजिस्टर हो जाना है उसके बाद आपने यहाँ आ जाना है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है बहुत ईजी और आसान काम है आपने सिर्फ लिंक पेस्ट करना है व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं भी सोशल मीडिया पर और जितने व्यू होंगे उतने आप डॉलर कमा सकते हैं ठीक है सबसे पहले मेरे पास एक वेबसाइट है उर्दू पॉइंट इसकी ताज़ा तरीन तस्वीर मैं देख लेता हूँ कौन सी ताज़ा न्यूज़ है मैं ऐसे वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ मैं इस न्यूज़ को ओपन कर लेता हूं। आपने काम कैसे करना है सबसे पहले आपने इस पिक्चर को सेव कर लेना है जहां हम सेव करना चाहें उसके बाद ऊपर ये लिंक है इसको कॉपी करें कॉपी करने के बाद अपनी साइड पे आ जा जाना है अपनी साइड पे आ जाना है यहां आकर पेस्ट कर देना है उसको इस पर क्लिक करना है शॉर्ट पर इसने वो लिंक कॉपी कर जो आप लोगों ने कॉपी लिंक किया था उसको ये शॉर्ट करके दे देगा इसको आपने यहाँ कॉपी कर लेना है यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं आप यहाँ से आपका दिल चाहे, उसके बाद आपने आ जाना है व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी आपके पास ग्रुप होंगे वहाँ जाना है आपने सबसे पहले उसके बाद यहाँ क्लिक करें यहाँ आपके पास तस्वीर सेव होगी उसको ओपन करें और साथ ये जो लिंक कॉपी किया था इसको यहाँ पेस्ट कर दें पेस्ट करने के बाद पेस्ट करने के बाद आपने दोबारा वही वेबसाइट पे चल जाना है यहाँ से हम ये कॉपी करेंगे थोड़ा सा इसको ये चीज़ ताकि लोग देखें और इसको लिंक को ओपन करें कॉपी करने के बाद यहाँ इसको पेस्ट कर देना है और इसको अपलोड कर देना है। ये देखिए इस तरह जो भी बंदा यहाँ से क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा और इसके व्यू होने के बाद ये वेबसाइट मुझे इसके बदले अर्निंग देगी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी ये बहुत ही आसान तरीका है बहुत ही इजी तरीका है और 100 फीसद रियल काम करता है आपको कोई मूवी कोई वीडियो कोई सॉन्ग कुछ भी अच्छा लगे आप लोगों ने क्लिक करते हैं आप लोगों ने उसका लिंक उठाना है और यहाँ पेस्ट कर देना है ये देखें ये सिर्फ यही इसी चीज़ के उस बंदे को पैसे देती है एड देखने के